बिसमीम अल्लाह ताली का बहुत बड़ा एहसान और फजल करम है कि उसने हम लोगों को एक इंसान बनाया एक अशरफुलमखलूक़ात का हमें एक दर्जा मिला वरना हम जानवर होते और कुछ भी होते उसके बाद जो दूसरा मज़ीद एहसान वो ये है कि उसने हम लोगों को ईमान वाला बनाया ईमान वाला बनाया ये भी बहुत बड़ा एहसान है वरना वो हम कहीं और ईसाई होते या हिंदुओं में मजहब में पै। पैदा होते कहीं भी कुछ भी होते तो ये उसका एहसान है कि उसने हम लोगों को ईमान वाला बनाया उसके बाद उसका एहसान और करम है कि हम लोगों को उमत महमदिया की शरीयत मिली तरीक़त मिली बहुत सारे अम्बिया तमन्ना करते थे कि अल्लाह मैं अम्मत महमदिया में पैदा होता काश में उमत महम्मदी ये तमन्ना करते थे लेकिन हम तो उम्मत मुहम्मदिया में पैदा हुए बहुत बड़ा एहसान मिला ना उस रब का बहुत बड़ा फ़ल्ल करम है हमारे ऊपर हमें जनाब नबी करीम अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मिला आपकी सुनतें मिली आपका एक निराला पाक पाकिदा तरीक़ा मिला तो ये बहुत बड़ा एहसान फ़जल करम है तो जब आप सलातम के ऊपर उम्म के कुछ हक़ थे तो आपने हक अदा कर दिए लेकिन अब इस उम्मत के भी आप सलात उम्म के ऊपर हक हैं उन्हीं में से एक हक ये है कि आप सदातुसम की बारगाह अकदस में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा जाए देखें हम लोग दरुद शरीफ बिल्कुल भी नहीं पढ़ते बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं हमें पढ़ना है दुरूद शरीफ आप सदात की बारगाह में हम अगर दिन में तस्बी पढ़ते हैं तो उनमें सौ मरतबा आप आल सदातम का ज़िक्र मुबारक भी करा करें अल्लाह ने अपने नबी के ऊपर दुरुद पढ़ा है तो हमारे ऊपर भी हक़ बनता है कि हम आप आले की बारगाह अकदस में कसरत से दरुज शरीफ को पढ़ा करें तो जुम्मे वाले दिन भी इसकी बहुत अहमियत है बहुत फजीलत है दरुल शरीफ पढ़ने की कि दुरूज शरीफ पढ़ा जाए कसरत से पढ़ा जाए तो हमारा बदलाने का मकसद ये है कि दुरुजशरीफ की अहमियत और इसकी फजीलत सबसे ज़्यादा दरुद शरीफ की दरूद इब्राहिमी की है दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज़ में पढ़ते हैं सब लोगों को याद है वही दुरूद आपलातम की बारगाह में पढ़ा करें इस सिलसिले सदरत इब्राहीम तक भी पहुँचेगा और आपकी औलाद आपकी आलोलाद तक ये दरूद पहुँचेगा तो एक बार हम सब मिलकर पढ़ लें अला महमद लाहम्म कमाली इब्राहीम ऊलाब्राहिमद मजीद देखें आप लोगों के सामने मैं एक हदीस रखता हूँ एक हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में एक मरतबा तशरीफ़ लाए और साहबा से कहा करीब हो जाए हमारे और आप मेंबर पर चलने लगे आपने जब पहली सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन फिर जब दूसरा स्टेप यानी दूसरी सीढ़ी पर रखा तो फिर फरमाया आमीन फिर तीसरे स्टैप तीसरी सीढ़ी पर रखा फिर फरमाया आमीन तो सहबा के एक अजीब व ग़रीब यह होता था मामला कि वो जब भी कोई चीज़ देखते कि ये अजीब व गरीब है तो वो सवाल ज़रूर कर लेते कि रसूल आज मैंने आपके ज़बान मुबारक से आज अजीब व गरीब बातें सुनी तो जब आप खुतबा दे चुके फिर साहबा ने पूछा तो फिर फरमाया आपने कि उस वक्त हमारे पास जबरइल आलम तशरीफ़ लाए हुए थे और वह बदुआ कर रहे थे जब मैंने पहली सीढ़ी पर पैर रखा तो फरमाया हला हो जा वह शख़्स जिसने रमज़ान का महीना पाया फिर भी अपने रब को नाराजी कर सका हलाक हो जा वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया फिर भी वो अपनी मफफरत न करवा सका तो ये हलाक पहली बदुआ जबरीम ने करी और उस पर आकाय दो जहां ने आमीन कहा फिर फरमाया रसूल्ला दूसरी मरतबा भी आपने आमीन कहा था हाँ फरमाया को उस वक्त ज़बरीलम भी बदुआ कर रहे थे और कहा था कि हलाक हो जा वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को पाया और वो उनकी खिदमत ना कर सका और अपना ठिकाना जहान जन्नत में ना बना सका तो हमें माँ बाप की फरमाबरदारी बरदारी करना है। वरना फिर समझ लो कि हमारी हलाकत हैई ही हैई तो ये दूसरी बदुुआ करी फिर फरमाया साहबा ने या रसोल्ला तीसरी मरतबा भी आपने आमीन कहा था तो फरमाया हाँ उस वक्त में भी जबरी बदुआ कर रहे थे और वह तीसरी बदुआ ये थी कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका जिक्र मुबारक हो और वो आप पर दुरूद ना भेजे। तो सोचें दुरूद शरीफ़ की कितनी अहमियत है यहाँ हलाकत की बात आई है तो इन्हीं तीनों चीज़ों के मद्द नज़र आज हम अपनी बात पूरी करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहाँ पर दुआ करने वाले बद करने वाले कौन हैं जिब्रैलम फ़रिश्तों का सरदार आदमी से लेकर ईसा और हमारे नबी अलीसम तक बराबर वही लाने का काम करता रहा फरिश्तों का सरदार मुकर्रब फ़रिश्ता उसकी बदुआ और इधर कायनत के सरदार और जिनके सदक़े में यह जहान बना सब कुछ मिला वो आमीन कर रहे हैं उस दुआ पर तो समझ सकते हैं आप कि इस बदुआ में कबूल होने में अब तो कोई शक रही नहीं जाता कोई तरद नहीं अब इसमें ये तो अब कबूल हो गई उस रब के बारगाह में चली गई देखें एक बात और समझिए अभी मैं अगर आपकी आपके लोगों के लिए बद करूं करूँ तो अव्वल बात आप लोग मुझे मारेंगे फिर दूसरी बात कि अगर मैं आप लोगों के लिए बद कर भी दूं तो आप लोग कहेंगे इनकी दुआ क्या कबूल होगी नहीं होगी ना आप शक करेंगे लेकिन इन दुआओं इन बद में तो कोई शक नहीं है ना इधर जबराइल असलम और इधर कायनत का सरदार है इनकी बददुआ में तो अब कोई शक नहीं रह जाता तो पहला क्या है हलाक हो जा वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और फिर भी अपने रब को नाराजी कर सका भाई मेरे सामने बड़ी खुश नसीबी की बात है कि रमज़ान अब कुछ दिन कुछ ही दिन दूर है अब वो आने वाला है तो अल्लाह से पहले दुआ कर लो कि अल्लाह तैरियत के साथ आफ़ियत के साथ ये माह रमज़ान रामबारक का महीना गुजारने वाला बनाए एक एक लम्हे की इसकी हिफाजत करने वाला बनाए तो ये बड़ा ही महीना कीमती महीना आ रहा है ये रमजान मुबारक का वो महीना है ये वो महीना है जिसमें रहमतें बरकतें मौसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं ये एक ऐसा मेहमान आ रहा है देखें हमारे यहाँ कोई स्पेशल गेस्ट आता है तो उसके लिए हम इंतज़ाम करते हैं कुछ ख़र्चा होता है लेकिन ये एक ऐसा महीना आ रहा है जो हमसे कुछ लेने के लिए नहीं आ रहा बल्कि हमको देने के लिए आ रहा है बहुत सारी चीज़ें देने के लिए आ रहा है तो मैंने भाई इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और हम नहीं तैयार हो रहे हैं वाई डोंट बी रेडी फॉर रमज़ान हम क्यों नहीं रमज़ान के लिए तैयारी कर रहे हैं हम रमज़ान का कैसे इस्तबाल करें आप आपलातलम रमज़ान की अहमियत को समझाने के लिए बतला रहे हैं कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमजान मुबारक है क्या तो वो तमन्ना करेंगे कि पूरी साल रमज़ानमबारक का महीना रहता है सुबह कितनी ज़बरदस्त बात कर कि समझ ले और मुबारक है क्या लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं ना हम रमज़ानमबारक में भी वही काम कर रहे हैं जो हम क्या कहते हैं और दिनों में काम कर रहे हैं तो मेरे भाई मुबारक की अपने आप को मेरे भाई तैयार करना है कुछ ही दिन दूर रह गए हैं मेरे भाई मुबारक का रहमतों बरकतों के बरसने का महीना है मौसलाधार बारिश की तरह रहमतें बरकतें बरसती हैं मेरे भाई हज़रत मजदिदिल्फिसानी रहमत ला अपने मकतबूत में तहरीर फ़रमाते हैं कि रमज़ान रमज़ानमबारक के महीने में जो रहमत बरकतें बरसती हैं वो बक़िया पूरे साल में किसी और महीने में वो रमतें बरकतें नहीं बरसती जो कतरे को समुंदर के साथ नस्बत होती है तो मेरे भाई ये रमज़ानमबारक का महीना बड़ा अहम आ रहा है हम इसकी अभी से ही तैयारी करें इसकी एक लमहे की हिफाज़त करें हम तैयारी कर रहे हैं ना कैसी तैयारी हो रही है बिजनेसमैन लोग अपने बिज़नेसों की तैयारी कर रहे हैं कुछ जो रमजान मुबारक में ख़रीदने के सामान होते हैं बेचने के सामान होते हैं जिनकी रमज़ान में सीज़न आता है तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं परचुनी शॉप वाले हैं वो क्या कहते हैं पाव रोटियाँ बेचेंगे शाम को सिवैयाँ बेचेंगे दूध फेनियाँ बेचेंगे वो अपनी तैयारी कर रहे हैं रात में बस इसी में लगे हुए हैं लेकिन अल्लाह के नबी आलतम ने हमें इसका प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि कैसे तैयारी करना है रमजान मुबारक की जब महीना आता था तो अम्मी आयशा कहती हैं कि मैं देखती हूँ कि आप आलसलाम अपनी कमर को कस लेते हैं इबादतों के लिए बहुत कम सोया करते थे अपने बिस्तरों को छोड़ दिया करते थे और जब्रैल आलाम के साथ दौड़ भी किया करते थे तो ये हमारे नबी पाक आलत रमज़ान मुबारक में इस तरीके से तैयारी करते हैं इस तरीके से रात भर जागते हैं रात भर इबादतें करते हैं और इसका प्रैक्टिकल भी हमें करके बता दिया है लेकिन हम क्या करते हैं बिल्कुल आप हमारे और आपके सामने बात मौजूद है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें और आपको दिख रहा है कि हम किस तरीके से अपने रमज़ान को काटते हैं फिर दूसरी बात कि रमज़ानमबारक में हम तैयारी किस कदर करते हैं अच्छा एक और बात समझ लीजिए कि रमज़ान मुबारक के सदक़े में ही ईद आती है लेकिन हम ईद की तैयारी करने में मसरूफ़ हो जाते हैं जहाँ एक दो रोज़े गुजरे वहाँ औरतें मार्केटों में गईं, आदमी बाज़ारों में गए और इधर खूब ख़रीदा जनाब इधर खूब कपड़े खरीद रहे वो हैं वो रातें जो हमें इबादत करने के लिए मिली थी आज हम उन रातों को मार्किटों में लगाए हुए हैं वो रातें जनाब जो हमें इबादत करने के लिए मिली थी मफफ़रत बख्शवाने के लिए मिली थी आज वो मार्किटों में हमारी रातें बर्बाद हो रही हैं कपड़े ख़रीदने में बर्बाद हो रही हैं हम और आप पूरे साल रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे माफ़ कर दे यहाँ तो रमज़ान की रातों में आसमान से पुकारता है कि है कोई मदद मांगने वाला है कोई चाहने वाला है कोई हाजतमंद है कोई मफ़रत चाहने वाला है कोई अपने गुनाहों को बख्शवाने वाला क्यों नहीं वो बख्शवाता तो सोचना है मेरे भाई कि हम अगर इन रातों को अपनी मार्केटों में हमने गुजारा बाजारों में गुजारा तो फिर कहीं मैं रह ना जाऊँ इस रमजान मुबारक के महीने में रह ना जाऊँ जो सब तो मगफिलत करवा चुके हों लेकिन मैं ना मगफिलत करवा पाऊँ इसलिए मेरे भाई सोचना होगा कि हर कोई बख्शवा चुका अपने आप को लेकिन मैं कहीं रह ना जाऊँ मैं कहीं मारा ना जाऊँ इसलिए मेरे भाई रमज़ानमारक की बहुत अहमियत है इसकी बहुत कदरक़ीमत है इसका मेरा भाई अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते लेकिन मेरा भाई समझना होगा कि हम रमज़ानमबारक को तरीके से इसके एक, एक लम्हे को बर्बाद करते हैं इसलिए मेरे भाई मुबारक में तो एक नफिल का सवाब फर्ज के बराबर है और फर्ज का सवाब नफिल से फर्जों के बराबर है तो सोचो रेट कैसा मार्केट में बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा एक के सत्तर और, और क्या कहते हैं फर्ज अगर पढ़ना है तो उसके सत्तर फर्जों के बराबर सवाब मिल रहा है तो सोचे मेरे भाई हमें नहीं छोड़ना है ये महीना हमें बिल्कुल भी गफलत और लापरवाही में नहीं गुजारना अगर ये महीना हमने ऐसे ही सोचा तो फिर ये महीना यूं ही कट जाएगा और हमारी आंखों से गुज़र जाएगा इसलिए इस महीने के मेरे भाई अभी से तैयारी प्रपेशन करना है कि हमें क्या करना है रमजान मुबारक की एक एक लम्हे की हिफाज़त करना है औरतें हमारे यहाँ जनाब मार्केटों में लगाई हुई एक दो रोज़ रखे वह बस कपड़े खरीद रही हैं कल परसों ईद में चुनने की शादी है ईद के बाद मुन्ने की शादी है उनके कपड़े खरीदे जा रहे हैं क्या बेगूदाना किस्म का वो लगा रहा है जनाब ये रातें तो इबादत करने के लिए मिली हैं बड़ी किस्मत वालों को ये रमज़ान मुबारक का महीना मिलता है लेकिन हम फिर भी इस महीने की गफलत में गुजार देते हैं तो सोचना होगा मेरे भाई कारोबारी लोग हैं सभी लोग हैं सब जानते हैं जिनके कारोबार का सीज़न आता है वो अपने सीज़न के बारे में खूब कमाते हैं मेहनत करते हैं अगर गर्मियों का मौसम आ रहा है तो इस वक्त कूलर वाले पंखे वाले ए फ्रिज वाले सब अपनी अपनी कमाई करेंगे सर्दियों का मौसम निकला रज़ाई गद्दे वाले सब ने कमाई करी लेकिन अब सही बात तो ये है कि नेकियों का मौसम आ रहा है मेरा भाई नेकियों का सीज़न आ रहा है कमा लो मेरा भाई अपने आप को लगा लो नौसम में मेरा भाई बहुत रेट बढ़ा हुआ है नफिल अगर पढ़ रहे तो हमें फ़र्ज के बराबर मिल रहा है और फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो फिर मेरे भाई हमें सत्तर फ़र्जों के बराबर सवाब मिल रहा है तो फिर सोचो मेरे भाई क्या परेशानी है रमज़ान मुबारक में मेरे भाई रातों हैं अपनी इधर लगाओ इबादतों में जनाब ये महीना बड़ी रहमत वाले लोगों को मिलता है बहुत खुशनसीब लोगों को मिलता है तो इस महीने की बरकतों को समझने की कोशिश करे इस महीने में अपने आप को बरकतों उठाने का मौका मिल सके बरकत बरकतें रहमतें लूटने का मौका मिल सके लॉटरी लगने वाली हम लोगों की खुदा की कसम इसलिए इस महीने में मेरे भाई हमें रहमतें बरकतें लूटना है किसी हाल में मैं रह ना जाऊँ किसी हाल में मैं मारा ना जाऊँ ये सोचना है अपने आप को इस रमजान मुबारक में अपने आप को तैयार करना और इस रमज़ानमबारक में खूब इबादतें करना है हम लोगों को भरपूर इबादतें करना है आज हमें बताना होगा कि हम इस माह में हम इस महीने में हम इस मुक़दस महीने में अपने रब को राज़ी करने वो रब अगर राज़ी होगा तो फिर समझ ले ये कायनात फिर हमारी हमारी है इस कायनात का एक एक आदमी हमसे राजी है अगर ये ना भी राजी हो तो वो रब राज़ी है तो मेरे लिए बहुत है इसलिए मेरा भाई रमज़ान मुबारक में हमें किसी भी कदर कोई लग् काम नहीं करना कोई बेहूदा काम नहीं करना बिल्कुल भी नहीं करना सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमें है काम करने के वही करना है बहुत से लोग रोज़ा रख भी रहे हैं लेकिन उन्हें रोज़ा रखने का कोई इसका फ़ायदा नहीं हासिल हो रहा एक हदीस में है भी लेकिन इन मैं इसके बारे में फिर रोज़ेदार होने की हालत पर फिर मैं कभी बात करूंगा, लेकिन आज मैं मख्तसर तौर पर चंद बातें बताऊँगा इसलिए सबसे पहले कि रमज़ान मुबारक की अहमियत और इसकी फजीलत को जानना है और ये महीना ऐसा है कि इसमें गुनाहों गुनाहों को मेरे भाई माफ़ी का भी महीना है गुनाहों से माफी का भी महीना है माफ़ी का भी महीना है तलाफ़ी का भी महीना है और ये वो महीना है जिसमें शयातीन को बंद कर लिया जाता है ये वो महीना है जिसमें जन्नत को सजा दिया जाता है ये वो महीना है जिसमें नफिल नमाज का सवाब फ़र्ज फ़र्ज़ नमाज का सवाब सत्तर फ़र्जों के बराबर मिलता है ये वो महीना है जिसमें अवतार का टाइम मिलता है अवतार के वक्त दुबा दुआ जो हम करते हैं उसमें दस लाख गुनहगार जहन्नम से छोड़े जाते हैं आज़ाद करे जाते हैं वन मिलियन सिनर छोड़े जाते हैं तो मेरे भाई इस महीने को बिल्कुल भी गौलत और लापरवाही में नहीं गुजारना है हमें बिल्कुल भी इसकी तैयारी करना है और हमें ये नहीं बस खाली कि हम ईद की तैयारी में लगे रहें ईद तो मिलती है इसी के सदक़े में लेकिन उसके साथ साथ हम अभी से ही अपने आप को तैयार कर लें ज़्यादा बाज़ार में हमारा टाइम ना गुजरे ज़्यादा मार्केटों में हमारा टाइम ना गुज़रे जो ज़रूरत की चीज़ें बस खाली वहीं पर जाएँ बिलावे अपने आप को या अपने टाइम को मेरे भाई टाइम की किल्लत को समझने की कोशिश करें बर्बाद ना करें यह हो गया रमज़ान मुबारक। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ आपलाम का दूसरा मामूल ये भी था कि आप सल्ला वम जब भी रमज़ानमबारक का महीना आता तो वैसे तो आप सखाव करने में कोई कमी है ही नहीं आपकी आप तो इतनी सखावत करते रमज़ान मुबारक में जिस तरीके से एक आंधी आती है बहुत ज़्यादा सखावत करते तो फिर मेरे भाई हमें भी इस रमज़ान मुबारक के महीने में सदका खैरत खूब दिल खोलकर खर्च करना चाहिए खूब दिल खोलकर दूसरी बात यहीं पर आ गई समझ में यहीं पर कि मेरे भाई बोलो जो ज़कवात अभी इन्होंने नहीं दी है या जो देने वाले हैं मेरे भाई एक मेरा एक दर्द है वो दर्द को पहुँचाएँ आप लोग मेरा दर्द ये है कि जिस तरीके से लोग रमज़ान के बाद 10 परसेंट लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं बिल्कुल आज से इसी तरह का हाल है कि 10 परसेंट लोग ही ज़कवा़त निकाल रहे हैं पूरी पूरी एक तो ज़कवात नहीं निकाल रहे हैं और फिर 10 परसेंट लोग ही ज़कवात निकाल रहे हैं उसमें से वो औरतों की पूरी पूरी ज़कवात नहीं निकाल रहे बस खाली कुछ ही मिला दे दे रहे फिर तीसरी बात जो इसी में करना है वो ये कि ये ज़कवा़त भी वो कहीं सही जगह पर नहीं पहुँचा पा रहे जो लोग दे रहे हैं तो मेरे भाई अपने ज़क़तों को निकाले अपने ज़क़त की निकालने की कोशिश करें मेरे भाई ये माल आपका नहीं है ये माल किसी ग़रीब का है किसी गुरबा का है और कुरान में भी अल्लाह ने फरमा दिया कि यतीमों के माल को अपने मालों के साथ मिला कर मत खाओ तो बिल्कुल वैसे ही है आज हम अगर अपनी ज़क़त रोक लेंगे तो फिर बताओ उन गरीबों का क्या हाल होगा उन मिसकिनों का हाल क्या होगा उन कमज़ोरों का हाल क्या होगा उन भूखे बेचाओं का क्या काम होगा तो मेरे भाई ये पैसा आपका नहीं है ये मनी आपकी नहीं है इन पैसों को निकालना होगा उन गरीबों को देना होगा फिर याद रखना ये पैसा आपका डबल हो जाएगा और उस रब की बारगाह में आपका गबूल हो जाएगा उस रब की बारगाह में आपका पैसा तो नहीं जाता सिर्फ आपकी जो चाहत है इस पैसों के इस पैसों से वो देखी जाती है आजमाइश करी जाती है वो रब आजमाता आपको कि आप इन पैसों से मोहब्बत करते हैं या हमारे लिए इन पैसों को खर्च करते हैं तो ये ज़्यादा अहम है मेरा भाई अपनी अपनी पूरी पूरी ज़क़त निकालें देखें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको ऊपर वाकई जक़ात है जकवात है वो समझना नहीं चाह रहे हैं वो ये दूसरे लोगों को बताते हैं कि हमारे ऊपर है ही नहीं लेकिन वो कोशिश ही नहीं करते इसकी समझने की या फिर वो किसी मुफ्तिया कराम से पूछना नहीं चाहते वो नहीं चाहते हैं कि हम बताएँ ज़क़ात तो फिर याद रखना इसकी बड़ी सख्त वाइदे हैं जकवात ना देने वालों की बहुत सख्त ज़्यादा वायदे हैं आप आई सलात वसलाम ने फरमाया कि जकवात दे के अपने मालों को सेफ कर लो पाक साफ़ सुथरा माल बना लो ये नापाक माल होता है आप इसी माल को खाए जा रहे हैं आराम पेटों में खाए जा रहे हैं सोचो क्या बनेगा आपका उस जहनम में क्या बनेगा आपका तो मेरे भाई इन पैसों को मेरे भाई ख़र्च करना गरीब गुरबा लोगों में ज़क़़त भरपूर मेरे भाई देनी है किसी भी तरीके से मैं रहना जाऊं हर साल के साल मेरे भाई निकालना है यानी कि हमें पाँच सालों में निकालना है फिर बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए फिर आप नहीं निकाल पाओगे आपको निकालना है सिर्फ यार ढाई परसेंट है कुछ नहीं ज़्यादा है आपका सब कुछ माइनस माइनस में घर माइनस में कार माइनस में सब माइनस में फिर भी आप नहीं दे रहे हैं जकवात क्या यार बड़ी बेकार की बात है मेरे भाई जकवात निकालें हज़रत अबूबिकार सद्दीक ने फरमाया जो जकवात ना दे उससे मैं जिहाद करूँ तो मेरा भाई ज़क़़त को क्यों रोक रहे हो जहाँ जहाँ अल्लाह ने कहा है वाक़ी सलात ज़क़ात जहाँ नमाज़ पढ़ने कहा है जहाँ इबादतों का अल्लाह ने हुक्म दिया वहीं मेरा भाई पैसा खर्च करने का भी हुक्म दिया है ये और भी ज़्यादा बड़ी इबादत है क्योंकि अगर हम आदमियों से कहें कि आओ ज़रा नमाज़ पढ़ लो तो वो दो सजदे लगा लेंगे उनको क्या दिक्कत है लेकिन अगर हम किसी से कहें कि इतनी मोटी रकम उस गरीब को देना है तो वो उसका दिल गवार कर नहीं करेगा यहाँ नमाज़ तो वो पढ़ लेगा यहाँ वो और इबादतें तो कर लेगा पूरी रात जाग लेगा दूर शरीफ पढ़ लेगा मगर दस आदमियों को खाना नहीं खिला सकता ये होती मैंने भाई पैसों से मोहब्बत मोहब्बत इसी को कहा जाता है मैंने बहुत से मुतकीयों को देखा बहुत से परहेजगार लोगों को देखा और हमने बहुत से तो ऐसे लोगों को देखा जिनके हाथों में तस्वीर रही हुए हर वक्त तस्वीर पढ़ रहे हैं कोई जबान में बेउदा बातें नहीं हैं लेकिन जब चीज़ जो उनके दिल से नहीं निकली ना वो पैसों की मोहब्बत वो पैसों की लगन उनके दिल से नहीं निकली मेरा भाई कहीं सोच लेना ये पैसों की मोहब्बत हम हमारे जो नेकियां करी हैं वो नेकियों को बिना बर्बाद कर दे मेरे भाई खर्च करो उस रब की बारगाह में मेरे भाई अपने इन पैसों को जमा करवाओ वो पैसे आपको मेरे भाई बेहतरीन पैसे फिर आपको मिलेंगे वो पैसा आपका जमा हो जाएगा ऐसी जगह जहां ना तो आपका कोई भाई आपको नेकी देने को तैयार है जहाँ ना कोई आपकी बीवी आपके गुना उठाने को तैयार है फिर वही ने कि आपके इन सारे कामों को मेरे भाई बदल देगी अच्छाइयों में तो मेरे भाई अपने आप को वो डिपॉज़िट कर लो खूब जमा कर लो अकाउंट में भर लो अभी टाइम है आपके पास कोई पता नहीं पता नहीं ज़िंदगी का कब आ जाए क्या आ जाए मौत तो मेरे भाई अपनी ज़क़तों की भरपूर मेरे भाई निकालने की कोशिश करें और दूसरी बात यह है कि इन जकवात को सही जगह पर दें ये नहीं कोई मांगने वाला आया उसको हमने जकवात दे दी कोई हमारे ही रिश्तेदार में पहला अफजल तरीका तो ये है कि हम अपने रिश्तेदारों में जो गरीब रबा लोग हैं उनको दें लेकिन हम रिश्तेदारों में भी ऐसे लोगों को दे देते हैं जो कमा खा रहे होते हैं हमें पता ही नहीं होता तो जिस तरीके से ज़क़त देना फ़र्ज़ है इसी तरीके से सही जगह जक़त देना भी फ़र्ज़ है उसके लिए मेरे भाई आप अपने मोहल्लों में इन पैसों को जमा कर सकते हैं अपनी सोसाइटियों में जमा करें ताकि हम देखते हैं कि अभी किसी को इलाज कराने की ज़रूरत आ जाती है कोई मुसीबत आ जाती है तो फिर वो ब्याज पे पैसे लेता है सूद पे पैसे लेता है जिससे और गुनाह हमें मुबला होता है परेशानियों उठानी पड़ती हैं उसको बाद में फिर वो घिरा रहता तो क्यों ना हम इन पैसों को इकट्ठा करें अपनी सोसाइटी में और इन पैसों से हम दूसरे लोगों की मदद करें जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं हम उनकी मदद करें किसी तरीके से वो ब्याज पे पैसे ना ले सूद पे ब्याज सूद पे पैसे ना ले बल्कि इन पैसों से हम अपने हॉस्पिटल चलवाएं हम अपने स्कूल कॉलेजेस चलवाएं जिससे हमारे बच्चे पढ़ें हमारे बच्चे आगे बढ़ें और हमारा एक अलग पहचान बने हम एक स्कूल बनाएँ और इन पैसों को उन बच्चों पर खर्च करें जो डॉक्टर बन रहे हैं जो इंजीनियर बन रहे हैं और जो लॉयर बन रहे हैं जिनके पास पैसों की कोई पैसे है ही नहीं बिल्कुल पढ़ने के लिए और वो चाहते हैं पढ़ना और उनके पास दिमाग है तो मेरे भाई बहुत ज़रूरत है आज बहुत ज़रूरत है मेरे भाई अच्छे वकीलों की या इस मुल्क में क्योंकि आप लोग देख ही रह होंगे अगर हमारे 10 बच्चे मेरे भाई वकील बनेंगे तो उनमें से दो तीन लोग जज तो बन ही जाएंगे अच्छे जज आप लोग देख ही रहेंगे यहाँ के जज किस तरीके से काम कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरत है आज इस बात को समझने के लिए और इन पैसों को वहाँ पर ख़र्च करें जो बच्चे दीन का इल्म सीख रहे हैं जो गरीब गरबा बच्चे हैं जो दीन का इल्म सीख रहे हैं जो आपकी सोसाइटी में काम कर रहे हैं जो आपसे को बता रहे हैं कि दीन क्या है इस्लाम क्या है वो ये सब चीज़ें आपको बता रहे हैं आपकी तरबियत कर रहे हैं आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो फिर मेरे भाई इन पैसों को उन जगह पर भी ख़र्च करें लेकिन हम अपनी सोसाइटी में मेरा भाई देख लें हम कहाँ ये पैसा ख़र्च कर रहे हैं तो ये समझने की कोशिश करना है और दूसरी बात जक़ात हम अपने आप खुद से ना दें यही कि हमने खुद दे दी देखें एक बार एक बात समझिए जिस तरीके से हम जीएसटी ऑफिस जाते हैं तो वहाँ जो हमारा टैक्स दे, देते हैं तो हम उसके लिए एक वकील करते हैं ना क्योंकि वकील को पता होता है उसको कैलकुलेट आता है तो इसी तरीके से ये ना सोचें कि हमें आता है हमें मफ्तिया के नाम से पूछना होगा के नाम से पूछना होगा फिर जक़ात देनी होगी ये हो गई आज की इतनी सी बात अब दूसरी बात हमें पैसों से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करना है ये हमारी जक़त को हो गया अभी हमारी हदीस बिल्कुल पूरी की पूरी बाकी ही बाकी है तो आप आसलातम ने फरमाया हला हो जा वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को पाया फिर भी वो उनकी ख़िदमत करके अपने आप को जन्नत में दाखिल न करवा सका तो सोच लें हलाकत आई है और आज तो यार इतनी बेशर्मी की बात है कि यहाँ माँ बाप की खिदमत तो बहुत दूर की बात है सच बताऊँ मैं आपको तो यहाँ आज हम आपके बस खाली एक बात सुनने को भी नहीं तैयार हैं आज हम अपने माँ बाप की ज़रा सी बातों को भी नहीं सुनने को तैयार हैं यहाँ तो खदमत तो बहुत दूर की बात है सोचें ज़रा किस तरीके से हम अकड़ के बोलते हैं किस तरीके से माँ बाप से बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं किस तरीके से उनके साथ सबूक कर रहे हैं सोचे मेरे भाई क्या बनेगा हमारा कहीं वो जहन्नम हमें आग वो घसीट न ले सोचे मेरा भाई हलाकत है कोई कोई हलाकत है मेरे भाई इस दुआ कबूल होने में कोई शकी नहीं रह गया तो मेरे भाई बेसिकली वो बहुत लकी है जिसके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और वो उनकी ख़िदमत कर रहा मेरे भाई ख़िदमत का मौका तो अब आया जब उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं वो जब तक तो था मेरे भाई तब तक वो अपने हाथों पैरों पर चल रहा था अब मौका अब आपको खिदमत करना है और अपना ठिकाना जन्नत में बनाना है आप आल सलाम ने फरमाया माँ बाप भी तेरी जन्नत है माँ बाप भी तेरी जहनम है तो याद रखें मेरा भाई हमें माँ बाप की हर तरह से मेरा भाई फर्माबरदारी करना है किसी भी तरीके से नाफरमानी नहीं होना चाहिए कि इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो आपको बता रहा है माँ बाप के यानी माँ के पैरों के नीचे जन्नत है अलजन्नत उतहता मा अकदामुमहात माँ के पैरों के कदमों के नीचे जन्नत है ये कोई दूसरा मजहब आपको नहीं बताता वरना आप जाके देख लें यूरोप जा के देख लें ईसाइयों में जा के देख लें वहाँ किस तरीके के हालात बद से बदतर हैं तो मेरा भाई हम नाफ़रमानियाँ बहुत करते चले जा रहे हैं माँ बाप से बदतमीज़ियाँ बहुत हो रही हैं तो मेरा भाई समझना है अपने आप को कि हलाकत की बद करी है ज़िब्राइल इस्लाम ने और उस पर आमीन कहा है हलाक हो जा वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को पाया बुढ़ापे में फिर भी वो उनकी खिदमत ना कर सका हो और अपने आप का टिकाना जन्नत में ना बना सका तो मेरा भाई आप ने यह भी फ़रमाया है कि एज़ अ ओनली फ़ोटो ओनली फ़ोटो एज अ लव अगर हम माँ बाप के ऊपर एक मोहब्बत की नज़र डालते हैं तो हमें एक हज और उम्र का सवाब मिलता है तो सोचे मेरे भाई हमें हज और उमरे का यहीं फ्री फोकट में सवाब मिल गया तो इसलिए मेरे भाई माँ बाप की हमें ख़दमत बहुत करना और इसकी बहुत क़दर और कीमत है मेरे भाई इसकी बहुत अहमियत है माँ बाप की इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते मेरा भाई हमें माँ बाप को किसी भी हाल में नाराज़ नहीं करना है अगर वो नाराज़ हो गए तो फिर याद रखना बड़े अजीबोगरीब वाकयात मौजूद हैं तो फिर याद रखना हमारा क्या बनेगा तो सोच लेना मेरा भाई हमें उनकी दुआ लेते हुए अपनी ये रमज़ान की सारी इबादतें करना है कहीं ऐसा ना हो कि हमने ये इबादतें तो कर लीं लेकिन हम अपने माँ बाप को ही खुश ना कर पाए उनकी खिदमत ना कर पाए उनकी कहना ना मान पाए तो फिर सोच लेना ये हमारी कहीं इबादतें बेकार ना हो जाएं अगर वो माँ बाप एक बार बद कर दें तो फिर सोच लेना हमारा इस दुनिया में क्या बनेगा मैं तो कहता हूँ बहुत खुशनसीब हैं आप लोग कि आपके माँ बाप आपके ज़िंदा हैं और आप उनकी खिदमत करें वरना तो बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे भाई मैंने जिनको देखा है कि वो अब तरस रहे हैं माँ बाप से मिलने के लिए या वो सोच रहे हैं कि मैं माँ बाप की और ख़िदमत कर लेता और ऐसे बहुत से माँ बाप देखे जो बाप और जो क्या कहते हैं बच्चों की ही खिदमत करते रहे हर वक्त उनके ही कारोबार के बारे में सोचते रहे लेकिन टाइम ही नहीं मिला मेरे भाई कि वो बच्चे उनकी खिदमत कर लेते तो मेरे भाई हमें ये सारी बातें समझना है बहुत आप लकी हैं किस्मत वाले हैं आपकी बहुत बड़ी हस्तियां आपके घरों में मौजूद हैं हमें उनकी दुआएं लेना है हमें उनकी बद नहीं लेना है हमें उनकी फर्माबर्दारी करना है माँ बाप ही हमारी जन्नत हैं और माँ बाप ही हमारी जहन्नम है अगर हमने उनकी खिदमत कर ली तो फिर याद रखना हमारा ठिकाना उन जन्नत में होगा और अगर हमने उनसे बदतमीज़ी करी कुछ भी करा ख़ासतौर से बुढ़ापे में उनको ज़िल्त से ठुकराया और मेरे भाई उनके सामने बदतमीजी थी तो फिर याद रखना आपको ये दुनिया भी नहीं मिलेगी और फिर याद रखना आपको वो आखिरत भी नहीं मिलेगी जिस रब ने वादा करा जन्नत का वो जन्नत भी नहीं मिलेगी तो फिर सोच लेना मेरे भाई बुढ़ापे में एक बार कि हम अपने माँ बाप से किस सलीके से किस तरीके से हम उनके साथ सलूक रवैया इख्तियार करें तो ये हो गई माँ बाप की बात अब आ जाते हैं तीसरी चीज़ जो हमारी रह गई थी कि जहाँ पर आपका जिक्र मुबारक हो वहाँ पर जो आदमी दुरूद ना पढ़े, उस पर भी हलाकत आई है तो मेरे भाई जहाँ जहाँ आपलात साम का नाम हम सुन रहे हैं तो हम अपनी ज़ुबान से वही अल्फ़ाज़ दोहरा दिया करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कसरत से दुरुज़ शरीफ भी पढ़ा करें देखें एक हदीस और है जिसमें फरमाया कि जो एक बार अल्लाह के नबी पर दरुद भेजता है अल्लाह उस पर दस रहमतें बरसाता दस रहमतें नासिल करता और दस उसके गुनाहों को माफ़ करता तो ये बहुत सी हदीसें हैं और बाज़ल के नज़दीक तो ये है जहां पर आप नाम सुने आप आपलातम का वहां पर इस नाम को दोहराना आपलात वाम पर दुरुद भेजना ज़रूरी हो जाता वाजिब है बाज़लमा के नज़दीक और ज़रूरी है तो मेरे भाई वरना हराकत आई आई है तो फिर भाई रमज़ान की तैयारी के साथ साथ में आज हमने इन सब बातों के ऊपर डिस्कस करा है लेकिन अभी बात हमारी रह गई है जो कि औरतों की ज़क़ात के बारे में क्योंकि औरतों से हमारी बातचीत नहीं हो पाती है तो इसलिए कभी अगर बात होगी तो फिर हम बात करेंगे औरतों से भी कि वो अपने मालों से मुहब्बत ना करें अपने कपड़ों से मुहबत ना करें बल्कि अपने आप को ख़र्च करने वाला बनाएँ बताएँ कि ये दुनिया कुछ ही नहीं है अगर हमने यहाँ सब कुछ कर लिया उस रब को राज़ी कर लिया तो फिर याद रखना हमारा शोहर भी मुझसे राज़ी होगा और रब भी हमसे राजी होगा तो हमें अपने शोहरों की खिदमत करते हुए अपने सदक खैरात निकालना है खूब ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ा खैरात करना है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ग़रीबों के हमनवा बनना है पता आपको रोज़े का मकसद यही होता है कि रोज़ा सिर्फ इसलिए नहीं आता कि हम खाएँ पिएँ आज हमारे अफ्तार में शरबत की कमी है आज हमारे अफ्तार में ये पकौड़े की कमी है ये नहीं मेरा भाई खाने पीने का नहीं है ये रमज़ान मुबारक रमज़ान तो सिर्फ़ इसलिए आया है कि हम भूके हुए रहते हुए हमें ये एहसास हो हमें ये एहसास दिला हो कि देखें हम कि जिस तरीके से आज असर का टाइम हो गया है आज तो नहीं मेरे भाई रमज़ान मुबारक के रोज़े में हमें जिस तरीके असर के टाइम पे एक बोसी हो जाती है एक हाथ पर ढीले पड़ जाते हैं सोचा करें कभी अपने दिल में बैठ से दिल से पूछा करें कि बता हम तो अफ्तार कर लेंगे एक घंटे बाद लेकिन वो ग़रीब ग़ुरबा जो कितने सालों से भूखे रह रहे होंगे उनको एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा होगा सोचें मेरे भाई तो इसलिए ये गम का भी महीना है साथ साथ में ग़म का भी महीना है गुनाहों से बचने का भी महीना है इसमें बहुत सी हमतें है हैं मेरे भाई समझने की कोशिश करना होगी इसलिए मेरे भाई अल्लाह ताली से दुआ करो कि अल्लाह ताली हम लोग कहने सुनने से ज़्यादा अमन करने की तोफ़ी अदा फ़रमाएँ रमज़ानमबारक ख़ैरियत आफ़ियत से गुजारने वाला बनाए और ये रमज़ानमबारक हम ये समझ गुजारें कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है इसके बाद हो सकता है मेरे रमज़ान ना मिले तो इसलिए मेरे भाई और ज़्यादा इस रमज़ान मुबारक में इस लमहे की कदर करें इस महीने की कदर करें अल्लाह ताला हम लोगों का इन्हें सुन ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी कदा फरमा आमीन